मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आधी रात में तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तुम्हें कॉल करे आई नो कि तुम गलत नहीं हो और वो भी नहीं है लेकिन शायद हो सकता है मैं बहुत खुदगर्ज गर्ज हूं अगर तुम किसी को समझाना चाहती हो तो मैं जिंदगी भर के लिए अनाधार बनने को तैयार हूं मैं चाहता हूं कि तुम्हारी बातों से लेकर ख्वाबों पर सिर्फ मेरा हक हो अब तुम इसे प्यार कह सकती हो पागलपन कह सकती हो जेलसी भी कह सकती हो तुम्हारी मर्जी है लेकिन मैं चाहता ही नहीं हूं आशिक